आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा शर्मिंदगी से अगर बचना चाहते हो तो इन आठ चीज़ों पर काबू रखें अपने तो वो कौन सी आठ चीज़ें हैं तो जल्दी से जान लीजिए शम्स तब रहमतुल्लाह रहमत फरमाते हैं तुम खुदा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मत जाओ पहली चीज़ खुदा की तलाश में तुम एक जगह से दूसरी जगह मत मत जाओ बल्कि अपने दिल में खुदा को तलाश करो दूसरी चीज़ तुम कायनात की हर चीज़ में हर शख्स में खुदा की निशानियाँ देख सकते हो कायनात की हर चीज़ में हर शख्स में खुदा की निशानियाँ देख सकते हो क्योंकि खुदा सिर्फ मस्जिद तक, तक महदूद नहीं है तीसरी चीज़ जीत ये नहीं है कोई इंसान कभी ना गिरे। जीत ये नहीं है कि कोई इंसान कभी ना गिरे बल्कि कई बार गिरकर कर दोबारा उठना जीत है चौथी चीज़ है अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं पांचवी चीज़ बतलाई दरिया कभी उल्टा नहीं बहता इसलिए दरिया की तरह जीने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी दरिया की तरह गुजारें दरिया क्या करता है अपने माजी को भूल जाए अपने माजी को भूल जाता और अपने मुस्तबिल पर तो देता है तो इसी तरीके से दरिया दरिया की तरह जीने की हम भी कोशिश करें अपने माजी को भूल जाएं अपने मुस्कबिल पर तो दें और हमेशा पॉजिटिव रहें इसी तरीके से छठी चीज़ है कभी कभी अच्छे लोग बुरा इंतख करते हैं कभी कभी अच्छे लोग बुरा इंतखब करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं उसका मतलब ये है कि वो इंसान हैं इसी तरीके सातवीं चीज़ है आप मुकाबला किसी से नहीं आपका मुकाबला किसी से नहीं है आपको किसी से बेहतर होने का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ उस शख्स से बेहतर बनने की कोशिश करें जो आप कल थे बात याद रखना आठवीं चीज़ है सबसे खूबसूरत मुस्कुराहटें गहरे राज छिपाती हैं सबसे खूबसूरत आँखों ने सबसे ज़्यादा आंसू बहाए हैं और मेहरबान दिलों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस की है तो याद रखना सोचना मुश्किल है और फैसला करना बहुत आसान है एक बात और याद रखना हज़ारों मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है बात याद रखना तो ये आठ चीज़ें हमने आप लोगों को बतलाई जो क्या हैं शर्मिंदगी से बचने वाली चीज़ें हैं